हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे हर लोगों को हर एक को पक्का घर होगा पक्का घर बोले तो चार दीवार और एक छत एक दरवाज़ा नहीं उसमें करंट होगा उसमें बिजली होगी उसमें नल होगा और नल में पानी होगी मेरे पास झंडा है घर नहीं है मैं कहाँ ले रहा हूँ उसको लेकिन जो बोलते हैं ना वो पहले उसको लगाना चाहिए झंडे नहीं ये मैं बताऊंगा तो मैं भी देश जो हमारे अभी देखिए हमारे एमएलए इधर से चुनके गया अगर वो रिजाइन कर दिया पहले उसके घर जाके उसका कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए अस्सलाम वालेकुम असल वरम्हरक इतिहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है पचहत्तरवा जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है लिहाजा मुल्क में आज हर घर तिरंगा की एक लहर चलाई जा रही है मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है वही दूसरी ओर महंगाई बेरोजगारी आसमान को छूती नज़र आ रही है भुखमरी के कगार पर मुल्क खड़ा है लेकिन मीडिया जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है वो कभी पाकिस्तान कभी बांग्लादेश कभी श्रीलंका की कहानियाँ दोहराते हुए देखा आ, जाता है हमारे हमारे साथ, साथ किसान कई यहाँ पर मौजूद हैं गुरज कोड़े साहब सर आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्ताल सर जिस तरह से पचहत्तरवा वर्षगांठ मनाई जा रही अमृत महोत्सव के नाम पर तो उसे आप किस दिशा में देखते हैं सर क्या वाकई मुल्क विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह से हर घर तिरंगा की एक लहर एक मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से आज वही लोग तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं जो आपने कभी शाखा पर उन्होंने कभी अपना तिरंगा लहराया नहीं है तो आप इसे किस पस मंजर में देखते हैं ऐसा बताए पहली बात यह है कि पचहत्तरवा साल गिरा का जो हमारा जश्न जो बनाए जा रहा है, वो मैं वेलकम करता हूँ लेकिन इसका हेडलाइन क्या है हर घर तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे हर लोगों को हर एक को पक्का घर होगा पक्का घर बोले तो चार दीवार और एक छत एक दरवाज़ा नहीं उसमें करंट होगा उसमें बिजली होगी उसमें नल होगा और नल में पानी होगी मेरे पास झंडा है घर नहीं है मैं कहाँ ले रहा हूँ उसको अच्छा। पचहत्तर साल हो गए हर एक को अभी तक घर नहीं मिला जैसे प्रधानमंत्री साहब बताए थे अभी तक नहीं मिला और शाखा का जो है वो देखिए हर एक को अपना अपना एक ये रहता है क्या मैं अपना झंडा मेरे घर के ऊपर लगा दूँ या ना लगाऊँ हाँ वो हमारे पर्सनल ये है वो और ये किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते लेकिन जो बोलते हैं ना वो पहले उसको लगाना चाहिए झंडे को और पहले घर दीजिए और बाद में पचहत्तर साल गिरा का जो है ना जश्न बना रही है और इसको अच्छी तरह से बनाने के लिए आप क्या करो इतना खर्चा मत करो आप एक काम करो जो बाढ़ में आके सब लोगों का घर गए किसी का जान गई किसी ने अपना पूरा खेती खो दिया उनको जो आपको देना है ना वो दे दो और इस तरह से आप पचहत्तर साल गिरह का जो है हमारे स्वतंत्र दिन को मनाओ सर आप किसान का है हमने देखा कि संविधान की बात तो हुकूमत की जानब से की जाती है तो उन्हीं के लोग संसद के बगल में संविधान जलाते हुए भी देखा जाता है संविधान की बात की जाती है एक तरफ तो हुकूमतें गिराई जाती है ख़रीदा जाता है फिर ई डी इनकम टैक्स वगैरह पीछे लगा दिया जाता है जो सत्ता से सवाल करता है वो या देशद्रोही समझा जाता है तो ये पचहत्तरवा जो जश्न मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो ये कहाँ खड़े हैं सर क्या वाकई इस मुल्क की जमुरियत लोकतंत्र मजबूत है या मजबूती की तरफ बढ़ रहा है या कमज़ोर हो रहा है नहीं ये मैं बताऊँगा तो मैं भी देशद्रोही होंगे इतना मैं कह सकता हूँ आप इसके ऊपर अब कुछ भी तुलना कीजिए कैसे है हम तो फिर कैसे सर देश के नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे कि हम किस तरह से इस लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते पहली बात यह है कि लोकतंत्र को हमारा लोकतंत्र मजबूत है लेकिन फिलहाल अभी उतना मजबूत नहीं है तो मजबूत होने के लिए जब इलेक्शन आता है ना तभी मजबूत करना है और मजबूती से आप अकेले अपने जो आप जिसको चाहते हो उसको जाके वोट डालिए सर वोट किसको भी देने के बाद वो ख़रीद भी लेते हैं हुकूमत भी गिराते हैं फिर बाज अवत यू वी पर भी सवाल उठाए जाते हैं फिर कैसे सर लोकतंत्र मजबूत हो सकता है जो हमारे अभी देखिए हमारे एमएलए इधर से चुन के गया हाँ। अगर वो रिज़ाइन कर दिया पहले वो उसके घर जाके वो उसका कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए अच्छा क्यों रिज़ाइन किए रिज़ाइन किए ना अब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना ये रूल आना चाहिए इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए फिर रिजाइन देते हैं ये लोग और पैसा किसका अपना ही आम आदमी का पैसा आम आदमी का पैसा वो भी टैक्स पेयर है एवरी पर्सन इज टैक्स पेयर इन अवर कंट्री जो सामान ले, लेने के लिए जाते हैं ना जीएसटी देते हैं हर एक को टैक्स देते हैं और इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोगों ने टैक्स देते हैं हमारे इकनॉमी को बढ़ा बढ़ाते हैं टैक्स दे और टैक्स पेयर्स गिने चुने लोग हैं ये नहीं है हर रोज चाय पत्ती से ले दूध तक और अभी नया आया है ना अभी दही को भी जी एस टी है सबको हम टैक्स देते हैं तो हमारा पैसा ऐसा बर्बाद करते हैं पहले उनके कॉलर पकड़ के पूछिए अगर फिर भी वो कंटेस्ट किया उसको वोट मत डालिए सर इस पचहत्तरवें जश्न पर आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे ये खुशी का माहौल है लेकिन खुशी की खुशी से मनाने का अभी माहौल नहीं है क्योंकि बाढ़ आया है और जो भी करना चाहते हैं सब लोग मिलके जात पात जो भी है वो सब छोड़ो छोड़ के एक जगह में इकट्ठा होके ग्राउंड में इधर उधर इकट्ठा होके वो जश्न बनाओ हाँ रोड पे इधर उधर और ट्रैफिक जाम करके और पब्लिक को हरासमेंट कर मत कीजिए और जहाँ पे आप करना चाहते हैं पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियाँ सब लोग मिल मोहल्ले में करो नहीं तो ग्राउंड है आजू बाजू में सब लोग उधर जाओ उधर करो और ये बरकरार रहे कि अपना देश हमेशा ऊंचा है और हमारी झंडा जो है हमेशा ऊंचा ही रहेगा और उसको ऊंचा रखने के लिए कोशिश कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया ये थे किसान का जिन्होंने बेबाकी के साथ अपने ख्यालात रखते हुए कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए जिन्हें वोट दिया जाता है फिर वो जो है किसी के हाथ का खिलौना बनकर सौदा करके वो विचारधारा छोड़कर दूसरी विचारधारा के साथ जब जुड़ते हैं तो उनके घर जाकर उन लीडरों का कॉलर पकड़े ऐसा किसान का का कहना है उम्मीद है कि आज के नौजवान इस पैगाम को समझे होंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इतिहाद न्यूज़ देखने आजादी के लिए शुक्रिया हाफिज़ आज़ादी के पचहत्तर साल का चश्स आज़ादी का महापर्व पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है इस मौके पर मुल्क में संविधान मुल्क में बढ़ती महंगाई और, और, और फसाना लिहाजा बेलगाम शहर के नाम चीन नाम से बेबाक ख्याल और, और, बे और मुलाकात सिर्फ इतिहाद न्यूज पर साथ में अब आप इतिहाद न्यूज ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं तमाम खबरों को एक ही ऐप में आप जब चाहें देख सकते हैं पैगाम इत्तेहाद अखबार और वेबसाइट और यूट्यूब पर शाया होने वाले वीडियोज इतिहाद न्यूज के ऐप पर देख सकते हैं डाउनलोड करें चैनल को सब्सक्राइब करें देखते रहिए इत्तेहाद मीडिया